अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सरकारों को नशे का व्यापार बंद करना पड़ेगा तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे सामाजिक कार्यकर्ता संध्या शुक्ला ने कहा कि नशा रहित समाज ही देश को उन्नति की राह पर ले जा सकता है चित्रंगी में भगवती मानव कल्याण संगठन ने अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया जिसके समापन अवसर कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता संध्या शुक्ला एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव आशीष शुक्ला सम्मिलित हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला के स्वागत में चितरंगी में जनमानस का सैलाब देखने को मिला संध्या शुक्ला ने कहा अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सरकारों को नशे का व्यापार बंद करना पड़ेगा तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे देखिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरे जोर शोर के साथ क्षेत्रों में कार्य कर रही है और समाज के मुद्दों आज उठा करके उन सत्ताओं को बताने का प्रयास कर रही है कि पिछले 75 वर्षों में जो कार्य आपने नहीं किया उसके खिलाफ भारतीय शक्ति जेतना पार्टी आवाज़ उठा रही है उन सरकारों को भी चेता रही है और पूरे प्रयास हमारा यही है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं हम 200 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे हमारी तैयारी भी जारी है प्रत्याशी भी लगभग हर जगह के फाइनल हो चुके हैं कुछ ही दिनों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी होने वाली है और क्षेत्र में कार्यकर्ता मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं हमारा उद्देश्य यही है